Now DJ Rahul JSB. Who is? Who is? Who is? Who is? DJ Rahul JSB. kabra priva do se kabra priva do se next my dj ravul j s <laughs> h d me ri basti brainoida brainoida sa koi samne samne takkar ga takkar ga takkar ga next my dj ravul j s <laughs> h d डीजे राहुल जेएसडी <laughs> मेरे इलाके में मुझे धमकी <laughs> koshish ki wo matlab pees kar pees kar dj rahul gsp dj rahul gsp